ईद आने वाली है याद तुम ही आओगे क्या मिलने आओगे बोलो नजरा सब साथ बैठे हैं एक तू ही बस रूठा है क्या मैं कि तुम मान जाओगे ईद आने वाली है याद तुम ही आओगे क्या मिलने आओगे बोलो नजरा